हेलो सरिता और आज फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल कुक विद सरिता झा में तो आज बना रही हूँ नारियल की चटनी तो उसके लिए मैंने कच्चे नारियल जो थे पानी वाला उसको मैं टुकडी टुकड़े में काट के ले लिए हैं और मैं क्या करूँगी एक मिक्सर जार में डाल दूँगी नारियल को और इसमें डालूँगी ये भी लेकिन मिर्च मैंने इतना लिए लिए हैं लेकिन ये हमारी तीखी वाली मिर्च नहीं है तो अपने हिसाब से लें इसलिए मैंने ज़्यादा ले रही हूँ अपन जितना तीखा खाओ उस हिसाब से लेना है मिर्च और ये थोड़ी सी लहसन है छोटी वाली है दस बारह कलिया लहसुन और एक इंच का टुकड़ा मैंने अदरक डाल रही हैं ठीक है और मैं डालूंगी इसमें धनिया पत्ता ये देखिए धनिया पत्ता को क्या करूँगी तोड़ तोड़ के ऐसे ही डाल दूंगी और थोड़ी सी नमक मतलब स्वाद अनुसार नमक लेनी है और थोड़ी सी इसमें चीनी डाल हल्की सी ज़्यादा नहीं चीनी डाली मैं इसको सारे को मैं पीस लेती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ ये देखिए पीस रही थी तो इसमें पानी डालने की जरूरत मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ क्योंकि पानी डालनी पड़ती है चटनी में नारियल में और इसमें आप लोग अगर मूंगफली भी डाल सकते थोड़ा बहुत भुन के तो वो भी डाल सकते हैं अगर मूँगफली ना डालना चाहे तो चना जो नहीं होता भुना हुआ चना वो भी थोड़ी सी इसमें डाल सकते तो उसकी भी टेस्ट बहुत अच्छी लगती है ये देखिए नारियल हमारी चटनी मतलब पीस के तैयार हो गई है अब मैं क्या करूं एक बर्तन में पहले मैं डाल लूँगी डाल लिया, थोड़ी सी गाढ़ा लग रही है तो मैं थोड़ी सी इसमें पानी डाल दूँगी और उसके बाद मैं आधा नींबू डालूँगी इसमें वो भी डालती हूँ और मैं तड़का लगाऊंगी ये देखिए मैंने चटनी को बर्तन में निकाल लिया है अब क्या करूँ थोड़ी सी नींबू क्योंकि ज़्यादा चटनी नहीं है और हमारी नींबू में रस भी ज़्यादा थोड़ी सी खटास के लिए मैंने इसमें आधा नींबू मतलब थोड़ा कम ही आधा से देखिए काफ़ी है इतना रस हमारी अब ये देख मैंने चटनी में तड़का लगा लेती हूँ उसके लिए मैंने एक पैन चढ़ा दिया गैस पे और मैंने दो चम्मच इसमें तेल डालूँगी कोई भी तेल डाल सकते हैं रिफाइंड ऑयल सरसों तेल कुछ भी अपने हिसाब से लें थोड़ी सी गर्म हो जाए फिर मैं इसमें सरसों डालूँगी तड़के में धान देती हूँ नहीं तो बहुत चटकने लगती हैं और फिर थोड़ा चटक जाए फिर मैं इसमें डालूंगी कढ़ी पत्ता और मैं चटनी में लगा दूंगी तड़का ये तड़के से इसमें ना फ्लेवर बहुत अच्छी आती है कढ़ी पत्ता से रही है हमारी अब ये देखिए मैं कढ़ी पत्ता डाल देती हूँ और मैं इसमें डाल दिया ये देखिए वो गई है अब चटनी में मैं डाल दूँगी चटनी हो गई हमारे बन के तैयार और आप लोगों का ये कैसे लगी चटनी वो हमें आप कमेंट में बताना और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर भी करते रहना ये देखिए मिला देखिए अभी हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है इडली के साथ खाने के लिए और मैं इडली का भी मैं वीडियो अभी डालूँगी वो मैं बताऊँगी इडली कैसे बनाऊँगा